राज्य की व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद अत्राली आईटीआई हरदोई छात्र व छात्राओं ने मिलकर कॉलेज में बिजली न आने से आवाज उठाई पावर हाउस की लापरवाही से लगभग एक महीने से कॉलेज में लाइट नहीं आ रही है जिससे कक्ष में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है कक्ष में कंप्यूटर प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे है छात्र आदित्य कुमार तोमर सोहेब गौर्या आशीष संदीप अंकित आशुतुष अतुल अमीर नितन दीपिका शिवानी अंजलि अनीता, नेहा व सभी छात्र और आदित्य ने बताया कि कॉलेज की कोई गलती नहीं है पावर हाउस से ही लाइट नहीं आ रही है इंडिया यूज आज तक सिर्फ कड़वा सच जी यहाँ कि, किस चीज की प्रॉब्लम बता सकते हैं आप हाँ जी यहाँ पर पहली बात तो लाइट की बड़ी समस्या है जी हम हाँ, लाइट की जिससे हम लोगों को प्रैक्टिकल लाइन हो पाते हैं बच्चे देखिए गर्मी में मतलब बहुत ज्यादा गर्मी से परेशान हो जाते हैं ना चल चलते हैं ना कुछ भी हो पाता है कितने लाइन नहीं आई है लगभग एक महीना हो गया है एक महीना हो गए एक महीने से लाइन नहीं आई प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं यहाँ प्रैक्टिकल जब लाइट ही नहीं आती तो कहाँ से तो कभी आप लोग ने कम्प्लेन की है प्रिंसिपल के पास प्रिंसिपल ही जब नहीं है यहाँ पर तो प्रिंसिपल कभी कभी आते हैं ना ये बात है टीचर यहाँ ए, क्लास में पढ़ाते हैं कि नहीं है टीचर तो पढ़ाता है पढ़ाता पढ़ाते हैं ना ओके जी आपसे यहाँ कॉलेज का क्या नाम है आई टी आई आई त्रौली में आप लोग पढ़ने यहाँ इतनी मतलब गर्मियों के सामना करना पढ़ना से आप लोग कुछ प्रिंसिपल से बोला कभी नहीं बोला क्यूँ नहीं बोला आप सभी लोग मिलकर जब तक आवाज नहीं उठाएंगे कैसे आप लोगों की बात पूरी होगी काफी ज्यादा यहाँ देखिए फैन लगे हैं प्रोजेक्टर लगा कभी प्रोजेक्टर चला नो no, no. कभी प्रोजेक्टर चला no. No, no, no. नहीं, नहीं नहीं चला ना no. और फैन देखिए एक एक रूम में कितने फैन है एक एक एसी एसी लगी कभी एसी की हवा खाई नहीं नहीं खाई खाली दिखाने के लिए यहाँ सारे रूम में इतने मतलब फैन लगे हुए ए सी लगी है लाइट लगी है देखिए इतना अंधेरा कैसे आप लोग रुक लेते हैं लाइट भी नहीं यहाँ एक बिल जल रही है ना ही पंखे चल रहे है आ, आ, आप आपकी कौन सी ट्रेड है सी एच एन एम है जी ओके जी आपसे पूछना चाहेंगे आपकी कौन सी ट्रेड है बता सकते हैं आप मैकेनिक। मैकेटर मैकेनिक है यहाँ इतनी लाइट है इतना अधेरा है कैसे क्या आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं अरे बस मैनेज कर रहे हैं लाइट है कुछ भी लाइन नहीं है कभी पंखे नहीं चलते हैं पंखे कभी भी नहीं चलते हैं देखिए वाकई में फैन जो है रुका पड़ा है लगता है कि एक महीने से चला भी रही इतनी धूल साली इस पे जमी हुई है और टीचर वीचर पढ़ाते हैं रूम में टीचर, तो पढ़ाते है। टीचर पढ़ाते है टीचर की कोई गलती नहीं है इसके मतलब यहाँ का प्रशासन ठीक नहीं